आप लोग आज मैं आपको डोलक डोलक के बारे में थोड़ा बताना कि जो हमारे, हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज <laughs> आप भी सॉरी डोलक सीखें कैसे है वो थोड़ी बस मेहनत करिए आज का थोड़ा प्रैक्टिस का फर्क है ना हर कोई ही डोलक बजा सकता है ऐसे कोई बात नहीं कोई, कोई पेड़ से सीख के नहीं आता तो आज कुछ बताता हूँ आपको पैटर्न इसको कैरवा भी बोला जाता है कि कैरवा ताल है और पहले हम मदीन साइड से बताते हैं आपको कि कैसे मदीन साइड से कैसे लगता है ये थ्री फिंगर्स है ना आपके थ्री फिंगर्स को जो धी यहाँ मिडल में यहाँ पे मिड में आपको यहाँ पे यहाँ पे लगाना है ठीक है डी डी डी ना ना ना ना ना ना ना सर और यही बहन में कैसे चलेगा कि कैर के लिए डी ना ना ना ना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 धी धी वाले साथ, ना ना पे, किनारे पे जाना साथ, इस, इस साथ, किनार साथ में ऐसे धी धी ना दी, ना दी, ना दी, ना दी, ना, ना, ना आठ मात्र पूरा करने आठ ना ती ना ठीक है तो बढ़िया सारी चीज है कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है देखो देखते हैं इसकी तरफ दी दी दी ना ना ना ना ना ना ना ना ना ती ती ती ती ती तीना ना बेस्ट होगा आपका ये जो के लिए अभी अभी जैसे आप स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करें बड़े पे आ जाएगा तो, तो, तो उसके बाद आप मतलब जैसे आपके दिमाग उतरेगा उससे सीखते रहोगे सीखते रहोगे और ज्यादा ही मतलब इम्प्रूव करोगे अपने अपने तो और ज्यादा बड़ी बात में इसमें आपको दोबारा एक बार फिर ये सेकंड सॉरी तीना तीना दीना तीना तीना तीना दीना और और एक चीज से एक एक के लिए ऐसे प्रैक्टिस करा कई लोग कहते हैं मेरी ना बाज निकल अच्छा निकल नहीं निकलती निकलती है ना ऐसी आवाज नहीं निकलती इसके लिए ज्यादा बड़ी बात नहीं है आवाज निकलेगी तो तो देख ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे दिखाता है कि हाँ परफेक्ट हो जाता कहने का मतलब मेरे परफेक्ट हो जाता है उसका फिर वो आंख मीच के भी कर लेता ना उस काम को तो इतनी है उसकी बाई की प्रैक्टिस सिंपल है ऐसे हाथ यहाँ पे रखने या जो मसाला दिखता है ना मसाले का एरिया दिख होगा तो। आपको के मसाले एरिया से यहाँ पे अपनी कलाई रखनी है यहाँ पे दो उंगलियों ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है तो अभी ये बाए वाली ना आदत आ जाएगी मतलब आपका थ पड़ने लग गया ठीक है तो आते हैं आतेमी की तरफ तो अब साथ में मिला के देखते कैसा लगता है इसका तीन अभी के लिए तो ये इतना लैसन है आप इसकी तैयारी करिए <सई> इसके बाद देखते हैं जैसे भी रहेगा आपको और भी दौलत के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा जैसे भी मेरे से होगा जितना मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है और आपको भी इतना ही अच्छी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा जैसे मेरे गुरु ने मेरे को बताया था मेरे उत्ताद जी ने मेरे को बता रखे मेरा अभी चैनल नहीं है तो प्लीज सपोर्ट करें लाइक करें सब्सक्राइब करें एंड फॉलो प्लीज और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कमेंट करके मेरे को ज़रूर होगा कि आपको तैयार तो करके उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सो so, ऑल द बेस्ट आपके लिए सभी बिगनर्स के लिए किस सीख रहे हैं जो उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सीखें और रियाज करें अच्छे से मेहनत करें और इसमें एक बात है कि मैं बोल रहा हूं बार बार कि बिल्कुल स्लो से रियाज करें क्योंकि जितना आप एक चीज को पका लेते हो ना कहते हैं जितना आराम राम से पकता है जो चीज उसका स्वाद माशाल्लाह क्या कमाल आता है ना तो जो चीज जल्दी पक जाती है ना उसका स्वाद इतना खास नहीं आता जो चीज आराम राम से धीरे धीरे टाइम लेके पकती है ना उसका मजा बहुत आता है तो वो चीज को आपको देखने चलना तो एक और बार बता देता हूँ लास्ट टाइम एंड देखना एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ आठ मात्रों की ताल है क्या ताल आठ मात्रों की है इसको वैसे छल्ला भी बोलते हैं कहीं वो यहाँ छला ऐसे ही बत्ता कहीं ऐसे एक दो तीन चार कहीं ऐसे ही बुझाते हैं छल्ला कहीं है। प्रोफेशनल जो तरीका है वो तो प्रोफेशनल तो ऐसे चल रहा आजकल जो भी है यहाँ पे छलना मतलब जो आपकी सबसे छोटी में बात छो तीन चार पाँच छह ये चलता है तो सीखा यह है बस। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये हो गया आराम भी भी भी भी। एक बिगनर्स के लिए यही बोलता हूँ कि स्लोली ही करो कोई ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है भाई आराम से करोगे हाथ में सफाई आएगी और काम कहते हैं जिसको सफाई में जिसमें जो भी काम सफाई से करता है उसके नंबर ज्यादा लगते हैं तो बिजली सी बात है आराम आराम आराम से से करो करो और और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है से करो, और मैं वीडियो ना तो डालता रहता और भी वीडियो सॉरी और भी वीडियो डालती रहेंगी बट गौर कीजिएगा कि कैसे किस तरीके से इसको प्रैक्टिस करें तो लास्ट टाइम में रहा हूँ एक दो तीन चार एक दो तीन की ताला हम बेस, बेस है बेस कहां पे लेना हमने एक सात पे बेस आएगा आपका एक और सात पे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ठीक है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ सात ऐसा पर आपको पर ट्राई करना है कि मैं स्लो स्लो से करूं कितना देखो इससे आपको क्या होगा ना एक तो आपका हाथ चलना स्टार्ट हो जाएगा कॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो जाएगा स्लोली में और दूसरी चीज आपकी पकड़ मजबूत होगी इस चीज पे उसके बाद आपको तो। इसी तरीके की वीडियो, अगर तो आपको वीडियो कुछ नहीं समझ में आता आप मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं इट्स ओके okay. मैं आपके लिए हर टाइम तैयार बैठा हूँ <laughs> तो कोई ज्यादा बात नहीं है आप कोशिश करें कि मेरे को, करें, मेरे को बताएं कि मेरे को ये चीज करनी चाहिए इस ढोलक में जो, मेरे को आता हुआ, मैं आपको और जो नहीं भी आता हुआ तो मैं अपनी देख के गुरु जी से पूछ के या कहीं से मैं उसको ऑब्जर्व करके आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा कि किस तरीके से क्या चीज बच सकती है क्या नहीं है क्या है ढोलक में सरस्वती माता का साहज है इज्जत से रखो और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक यू थैंक यू सो मच